छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ दो दो, दो, दो, दो, दो दो कप कप को को को, कैसे बोलता है? फिर कप पकड़ लिया छोड़ दो कप को छोड़ दो छोड़ दो कप को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ छोड़ दो, दो